एमपी के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बिसाहू सिंह को अपने ही विभाग की जानकारी नहीं है कोविड काल में कई जिलों में गरीबों को पोल्ट्री ग्रेड चावल बांटा गया था यानी कोविड 19 के दौरान जानवरों को देने वाला चावल गरीबों को दिया गया था वहीं राशन घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोई घोटाला नहीं हुआ है बिसाहू जी आपको अपने विभाग की कतई कोई जानकारी ही नहीं है बिसाहू जी से सवाल किया जाता है की आपके विभाग में घोटाला हुआ तो विसाहूलाल कह देते हैं कि पूरी जानकारी पीएस के पास होगी उनसे बात कर लीजिए विसाहूलाल जी को यह भी नहीं पता कि उनके विभाग में एक बड़ा घोटाला हुआ था बालाघाट सहित अन्य जिलों में घटिया किस्म के पोल्ट्री जानवरों को खिलाने वाले चावल गरीबों को बांट दिए गए थे लेकिन विसाहू हैं कि उनको अपने विभाग की कतई जानकारी नहीं है उनसे किए गए सवाल में वो साफ टाल कर कह देते हैं कि ये सारी जानकारी आप पीएस से लीजिए अगर कोई घोटाला हुआ है तो जांच होगी और दोषी अधिकारियों को जेल भेजा जाएगा लेकिन मंत्री जी आप अपना पल्ला ये कहकर नहीं झाड़ सकते आखिर आप विभाग के मंत्री हैं तो जिम्मेदारी आपकी भी है पीएस से बात करिए आप पूरी जानकारी अब उसकी जानकारी पीएस को होगी अपने पास उसकी जानकारी नहीं आ पाई है बिल्कुल कार्रवाई होगी अगर कहाँ घोटाले आ रहे हैं हम तो एक जगह कोई नहीं जो अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा उसको बक्सा नहीं जाएगा जेल भेजा जाएगा